यह है फ्री फायर के सबसे खतरनाक करेक्टर इसके पावर के बारे में अभी तक आपको नहीं पता चला होगा तो सबसे पहले आप लोग का स्क्रीन पर देखो मैं कितने ऊंचाई से जंप किया और इसके स्किल को ऑन कर दिया और ये देखो मेरे को जरा सा भी डैमेज नहीं पड़ा है इसके अलावा ऊपर के साइड से ड्रॉप गिर रहा है लेकिन मैं इसके स्किल यूज कर लूंगा और मेरे को जरा सा भी डैमेज नहीं पड़ेगा इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखो सामने वाला बंदा यहाँ पर क्रोनो यूज करके जैसे मैं इसके एक्टिव स्किल यूज करता हूँ यहाँ पर सामने वाले बंदे को मैं डैमेज दे पाता हूँ और ये भी देखो आप लोग सामने वाला बंदा मेरे को डैमेज दे रहा है मतलब फायर कर रहा है लेकिन मेरे को जरा सा भी डैमेज नहीं दे पा रहा है और इसके अलावा सामने वाला बंदा मेरे पास ग्रेनेट फेंका है लेकिन वो भी डैमेज नहीं दे पा रहा है मतलब ये करेक्टर नेगेज काफी ज्यादा खतरनाक है और ये देखो सामने वाला बंदा वॉल्स में पैक है लेकिन मैं उसको डैमेज दे पा रहा हूँ इसकी स्किल यूज करके इसके अलावा सामने वाला बंदा वॉल के पीछे जैसे मैं यहाँ पर यूज करूंगा इसको भी मैं डैमेज दे पाऊंगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए इसके अलावा सामने वाला बंदा ऊपर के साइड में जैसे मैं इसके यूज करूँगा उसको भी डैमेज दे पाऊंगा